हेलो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे सो so, आज हम लोग बात करने वाले मोनिटाइजेशन जब हम लोग करते हैं तो पहले जो जोनल खोलते थे तो पहले में आता था। लेकिन आपको में देखना है तो इस वीडियो से बने रहिए सो आइए बात करते हैं क्लासिक मोड में अपने चैनल को कैसे करे सो so, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अपने यूट्यूब चैनल को खोलेंगे तो जब यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल को खोलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ कॉर्नर में यहाँ पे हम लोग का जो आपका ईमेल है उसका आता है लोगों को इस पर हम लोग सबसे पहले क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है आपका देखिए बहुत सारा YouTube योर चैनल पेड मेम्बरशिप योर YouTube स्टूडियो सो तो हम लोग यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे जब हम लोग पहले जब खोलते थे तो इधर आपका क्लासिक मोड में सारा आ जाता था ऑटोमेटिक पहले लेकिन अब क्या हुआ है आपका क्लासिक मोड में नहीं आता है तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे सेटिंग में आपका देखिएगा नीचे सेटिंग का ऑप्शन रहेगा सो तो हम लोग सबसे पहले सेटिंग में क्लिक करेंगे जब सेटिंग में क्लिक किए हम लोग तो फिर हम लोग को चैनल पर जाना है तो चैनल पर जाकर जब सबसे लास्ट में देखेगा फीचर फीचर रहेगा उसमें जाकर जब जाइएगा तो यहाँ पर आपका रहेगा डिफ़िकल्ट फीचर फीचर्स दैट ये सब आपका रहेगा वेरीफिकेशन तो हम लोग को जाना है लास्ट में यहाँ पे आपका लास्ट में देखेगा स्टेटस एंड फीचर्स यहाँ पे हम लोग क्या करना है? जाके क्लिक करना है क्लिक किए सो आप लोग देख सकते हो कि हम लोग का क्लासिक मोड में खुल चुका है सो ये मेरा पुराना चैनल है मैं इस पर अब काम नहीं करता हूँ सो so, ये है हम लोगों को इस टाइप का ही क्लासिक मोड है लेकिन पहले हम लोग ऑटोमेटिक आ जाता था लेकिन अब क्या है कि अब नहीं आता है गूगल ने कुछ सेटिंग से हटा दिया है सो so, हम लोगों को बस यही करना है यहाँ पे मेरा मोनिटाइजेशन इस चैनल पे ऑन नहीं हुआ था इसलिए मैंने फिर दूसरे चैनल पे काम करना स्टार्ट किया फिर मैंने उस चैनल पे काम कर रहा हूँ अभी जिस पर मैं वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ सो so, इस टाइप का कुछ है सो so, आपको करना कुछ नहीं है बस यही करना है सो so, इस वीडियो में इतना ही सो so, वीडियो से जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें और अगर आपको और कुछ डाउट है या वीडियो में कुछ आपको मिस्टेक लगा तो उस अगर कुछ और जान मतलब आपको लगे कि इस वीडियो में और कुछ होना चाहिए था तो प्लीज हमें कॉमेंट कर तो जरूर बताए ताकि हम अगले वीडियो में इसको सुधार सके आज के लिए इतना धन्यवाद